दोस्तों हमें बताया जाता है कि लाल किला शाहजा ने बनवाया था लेकिन मैं एक मिनट में साबित कर दूंगा कि यह एक हिंदू किला है इसका नाम लाल किला है ही नहीं जिसको शाहजा ने कब्जा करके शाहजाबाद रख दिया था यह किला सैकड़ों साल पहले राजा आनंदपाल तोमर द्वारा दो हजार दिल्ली के लिए बनवाया गया था राजा अनंत तोमर महाभारत के अभिमन्यु के वंशक थे और पृथ्वी चौहान के नाना थे लाल किले के महल में चार सुअर वाले नल भी लगे हैं जबकि सलाम में सुअर हराम है और किले के दूसरे दरबार पर हाथी की मूर्ति अंकित है जो कि हिंदू राजा हाथी के प्रति प्रेम के लिए विख्यात है आज भी लाल किले से कुछ गज दूर लाल मंदिर और दूसरी गोरी गौरीशंकर मंदिर शाहजा के हजारों सैकड़ों साल पहले बनवाया गया था अब आप ही बताइए लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें